जय हिंद दोस्तों मैं हूं रूपेश और आप सभी का स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहां पर देखिए आज का वीडियो है कि सी जी पी ऊन का कट देखने वाला जैसे कि देखिए छत्तीसगढ़ चपरासी भर्ती के लिए इमला लेक के लिए कौन कौन शामिल हो सकते हैं कटअप कितना जाएगा पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका एग्ज़ाम पच्चीस सितम्बर को था ठीक है पच्चीस सितंबर को प्यून भर्ती का एग्जाम था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को पूछा गया है कि बहुत सारे परीक्षार्थियों को पूछा है कि कैसे एग्जाम आया था तो वो सभी ने आंसर दिया है सरल ठीक है मतलब सभी लोगों को सरल आंसर मतलब सरल क्वेश्चन दिया गया था ये सब परीक्षार्थियों का कहना है तो चलिए देखते हैं कि कटअप कितना जाएगा और कौन कौन इमला लेखन के लिए सम्मिलित हो सकते हैं कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए शामिल होगा तो चलिए देखेंगे इसके कैंडिडेट में पूरी जानकारी दोस्तों सबसे पहले इसका पोस्ट देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले पोस्ट पद का नाम देखिए यहाँ पर भृत्य है जो कि 25 सितंबर को एग्जाम हुआ है ठीक है ये इसके पोस्ट सबसे पहले देख लेते हैं उसके बाद कौन कौन इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं कटअप कितना जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अनरक्षित के लिए चौंतीस है उसके बाद अन्य अनुसूचित जाति के लिए इतना दिया गया उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है अन्य पिछड़े वर्ग के 11 इसके बाद देखिए कुल रुक्तियों का बरबार देखें उसके बाद अनरक्षित के लिए 10 है अनुसूचित जनजाति के लिए तीन है उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए सात है महिलाओं के लिए ठीक है आरक्षित पद के बाद बात कर रहे हैं उसके बाद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तीन है उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद है तो देखिए यहाँ पर अनुसूचित के लिए अनारक्षित के लिए छः है अनुसूचित जाति के लिए दो है अनुसूचित जनजाति के लिए पाँच और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दो है यानी कि टोटल आपका यहाँ पर अस्सी योग है और दोनों को मिलाकर यानी कि आपको टोटल 80 और प्लस लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कि दोनों को मिलाकर टोटल इक्यानबे पदों पर जो भर्ती निकाली गई है ठीक है अब चलिए बात करते हैं कटअप की दोस्तों यहाँ पर कटअप की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो हमने एनालिसिस किया है काफी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से और परीक्षार्थियों से पेपर कैसे बना है या कितने नंबर तक बना है ये सभी सभी कैंडिडेट या परीक्षार्थियों को पूछा है उसके बाद एनालिसिस करके हमने ये ये बनाया है ठीक है और साथ ही अगर आप इतने नंबर तक ला सकते हैं तो आपको इम्ला लिखने के लिए बुलाया जाएगा तो चलिए देखते हैं सबसे सब पहले जनरल मेल की बात करते हैं तो 135 से 140 ठीक है उसके बाद ओबीसी मेल के लिए बात करते हैं सो एक से 135। उसके बाद एससी सी मेल के लिए बात करते हैं तो एक से एक तो है इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एसटी मेल के लिए बात करें तो एक सौ दस से एक सौ पंद्रह उसके बाद जनरल फीमेल के लिए बात करें तो यहाँ पर एक सौ पच्चीस से एक सौ पैंतीस जा सकता है ओबीसी फीमेल की बात करें तो एक सौ बीस से एक सौ तीस रहेगा साथ ही देखिए एस फीमेल की बात करें तो एक सौ दस से एक सौ पंद्रह और एसटी फीमेल के नब्बे से सौ अगर आपका स्कोर इतना नंबर तक आ रहा है तो आपको इमला लेख के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा साथ ही देखिए इतना नंबर तक आएगा तो आपको यानी कि गुना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा ठीक है पांच गुना कैंडिडेट इसके लिए इमला लिखने के लिए बुलाया जाएगा अगर आप इमला में पास हो जाते हैं तो आपको आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा तब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर दाए आइए